नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है इस बार उनका गुस्सा मुस्लिम धर्मगुरु या फिर कहें मौलानाओं पर फूटा है उन्होंने उत्तराखंड पहुंचकर इन धर्मगुरुओं को कायदे में रहने की बात कह डाली है उन्होंने स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे उनके तेवर लगातार तेज होते दिख रहे हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि वह अंतिम सास लोगों की घर वापसी कराते रहेंगे इस बीच उन्होंने बालकृष्ण और रामदेव से ही मुलाकात करी है लेकिन अब इस पूरे ड्रामे में बाबा बागेश्वर ने मुस्लिम धर्मग्रोह की एंट्री कराकर एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की है जो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सीधा फायदा पहुंचाएगा और वो लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हो पाएंगे लेकिन इस पूरे ड्रामे में रोज नई स्टोरी आ रही है कभी सुहानी कभी जय किशोरी मामला दिलचस्प होते जा रहा है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हरिद्वार में भी साधु संतों का साथ मिलता दिख रहा है और खबर है की वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल सकते है लेकिन कुछ भी हो कुछ दिनों तक अभी दरबार नहीं लगेगा और फरवरी की दो तारीख को प्रयागराज में दरबार लगेगा जिसकी तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है अभी दरबार नहीं लगेगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले दिनों में बहुत बिजी होने वाले हैं लेकिन कुछ भी हो सियासत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा फायदा उठाएगी और ये ड्रामा अभी खत्म नहीं होने वाला है ये ड्रामा दो की लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा